आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा पंद्रह बड़े गुना तो वो कौन से गुना है जल्दी से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा नंबर एक शर्क करना आप लोग समझते हैं शर्क नहीं समझते हैं देखो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना ये शिरक है अल्लाह की जगह को किसी को दे देना ये भी शिरक है अल्लाह को छोड़ किसी दूसरे से अपनी मदद मांगना यह भी क्या है शिरक है समझते या नहीं समझते हो आजकल देखो हम मुसलमानों में कितना शर्क हो रहा है इसकी कोई लिमिट नहीं है कोई लिमिट नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा शर्क हो रहा है दूसरों को तो छोड़ी दो मेरे भाई वो तो कम से कम मानते ही नहीं हैं आप तो अल्लाह को भी मान रहे हैं लेकिन उसके साथ कितना किसी को शरीक करने बहुत ज़्यादा बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो बस खाली उनको अल्लाह बता दिया गया वो बस खाली अल्लाह समझते हैं अल्लाह बस खाली बोलते हैं लेकिन वो अपनी ज़रूरत में वो ये सोचते हैं कि कोई देने वाला कोई चाँद सूरज निकालने वाला कोई और है ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं तो मेरे भाई देखो चाँद का निकालना सूरज का डुबोना सूरज को निकालना उसमें ईंधन देना इतनी तेज़ी के साथ गर्मी फैलाना सर्दी फैलाना ये सारी चीज़ें किसके हाथ में मेरे भाई अल्लाह के हाथ में है अल्लाह से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करवाएँ हमें जो भी कुछ मांगना है हमें अल्लाह से मांगना है हमें किसी मज़ार पे जाकर या किसी दरगाह पे जाकर किसी बुज़ुर्ग से किसी पीठ से किसी अलिया से हमें नहीं मांगना है देने वाला अल्लाह है वो भी उनके मोहताज हैं मेरे भाई बात समझो देखो आजकल हर कोई शिरक को बहुत आसान समझ रहा है बहुत आसान लेकिन मेरे भाई शिरक बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह कहते हैं कि हम हर तरह के गुनाहों को माफ़ कर देंगे लेकिन शेख को नहीं माफ़ करेंगे अल्लाह चाहता ही नहीं है कि कोई हमारी बराबरी करे कोई चाहता है हमारी बराबरी करे और अगर दो लोग होते इस जगह मतलब इस कायनात को चलाने वाले तो कि ये चल पाती कायनात नहीं चल पाती ना इसकी मिसाल ऐसी समझो अभी आपका एक वार्ड है उस वार्ड में अगर दो मेंबर हैं दो मंबर जीत जाए तो क्या वो क्या कहते वार्ड को अपने चला पाएंगे नहीं वो कहेगा हमारी मर्जी वो कहेगा दोनों मेंबर अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा इसलिए हर एक, एक चीज़ का एक होता है तो इसी तरीके से मेरे भाई पूरी कायनात को पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है अल्लाह है अल्लाह बात समझ आएगी दूसरी चीज है हमारी कत्ल करना कत्ल करना बहुत बड़ा है आप समझ गए होंगे कि कत्ल करना ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का गुना अपने ऊपर ले लिया तो इस तरीके से कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुना है मतलब कत्ल करना क्या है मतलब मार डालना उसको जान से नंबर तीन है जादू करना जादू करना ही बहुत बड़ा गुना है लेकिन आजकल भी इसको लोग यूं ही बिल्कुल खाली समझ रहे हैं छोटा मोटा समझ रहे हैं चौथी चीज़ है नमाज छोड़ना नमाज़ छोड़ना भी बहुत बड़ा गुना है लेकिन इसकी कोई हम लोगों को समझ में ही नहीं आता हर कोई नमाज छोड़ रहा हर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा छोड़ते ही चला जा रहा है मेरे भाई अल्लाह ने जो हमारे ऊपर एक ज़रूरी चीज़ डाली है जो हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ कर दी है मेरे भाई उसको पढ़ना ही पढ़ना है तो चौथी चीज़ हो गई नमाज न छोड़ना पांचवी चीज़ है जकवात ना देना जकवात ना देना ये भी बहुत बड़ा गुना है और ये भी है कि अगर आप जक़त नहीं अदा करेंगे तो आपका माल सारा का सारा क्या है हराम है अगर आप जक़त उसकी निकाल देते हैं आप एक साल की थोड़ी सी आमदनी निकाल देते हैं तो अब माल क्या हो गया आपका हलाल हो गया तो इस तरीके से पांचवी चीज़ है जकवात ना देना छठी चीज़ है रमज़ान के रोज़े रखना रमज़ान के रोज़े ना रखना ये भी क्या है बहुत बड़ा गुनाह है सातवीं चीज़ है रहमी करना क़र रहमी समझते हो मतलब रिश्तेदारी को तोड़ना ये भी क्या है बहुत बड़ा गुना है रमज़ान के रोज़े न रखना रिश्तेदारी को तोड़ना ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं नंबर आठ है इस्तात के बावजूद हज ना करना मतलब इतना पैसा है आपके पास कि आप आराम से फ्लैट पे हज कर सकते हैं जाकर लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या है बहुत बड़ा गुनाह है इसी तरीके से दसवीं दसवीं नवी चीज़ है वालदी की नाफरमानी करना वालदे की नाफरमानी करना भी ये बहुत बड़ा गुना है अल्लाह कहते हैं कि हम हर गुनाह को माफ़ कर देंगे लेकिन माँ बाप की नाफरमानी इसको नहीं माफ़ करते इसी तरीके से दसवा नंबर है जिना करना ग्यारहवा नंबर है हम जिन्स प्रस्ती करना बारहवा गुना है शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह ये तो हर कोई कहता है लेकिन आजकल किस तरीके से आम होती जा रही है और हो सकता आने वाले दिनों में अब लोग भी इसको सही समझने लगेंगे क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती ना लोग उसकी तरफ़ आ रहे होते हैं तो फिर वो चीज़ क्या कर देते हैं हमारे यहाँ मतलब और कंट्रियों में अगर आप देखें तो गौरव में शराब क्या है उनके ऊपर अब कोई कानून वानून नहीं है उसके ऊपर हर कोई वहाँ पीता पिलाता है इसी तरीके से हमारे यहाँ भी इसका रिवाज चल रहा है तो देख लेना आने वाले टाइम में शराब भी क्या हो जाएगी कानून बन जाएगा अभी ये गैर कानून है लेकिन अब कानून बन जाएगा तो जिसकी ज़्यादा चीज़ हो जाती है और जब क्या कहते हैं हुकूमत को चलाने वाले लोग ही इस काम को शुरू कर देते हैं मतलब इस गुनाह में मुल्विस हो जाते हैं तो वो इसको कानून बना देते हैं ऐसा और भी कंट्रियों में देखने को मिला तो तेर में तेरवा गुना है हमारा सूद खाना सूद देखो आजकल हर कोई बच नहीं पा रहा है इससे मतलब जो है खाई खाई रहा है तो इस तरीके से मेरे भाई सूद खाना बहुत बड़ा गुना है नंबर चौदह है जुआ खेलना भाई जुआ खेलने से हमें क्या मिल जाता है कुछ नहीं हमें क्या करना हमें तो अपनी मेहनत से खाना है अपनी मेहनत की कमाई खाना है हमें किसी तरीके का कोई जुआ नहीं खेलना लोगों ने आजकल पता नहीं कौन कौन से जुए लिए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम इसको मेहनत करके खा रहे हैं मेरे भाई ये मेहनत नहीं है देखो किसी भी चीज़ में अगर शर्त लगाई जाएगी तो मेरा भाई वो जुआ ही है वो ये ना समझे कि हमने इसकी मेहनत करी इतनी तो मिल गई नहीं इसी तरीके से पंद्रहवीं चीज़ है चोरी करना ये भी एक बहुत बड़ा गुना है तो मेरे भाई हमने आप लोगों को बतलाया पंद्रह बड़े गुनाह तो आप लोग समझ गए होंगे अगर आप इनमें से कोई गुनाह करते हैं तो मेरे भाई आज से ही तौबा कर लें तौबा कर लें मेरे भाई सिद्क दिल से तौबा कर लें और इन गुनाहों को छोड़ लें अल्लाह ताला हम लोगों को इन गुनाहों से जल्द से जल्द नजात अदा फरमा और हम सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा आमीन